हाँ सवेरे भी शाम को भी मैं देखता हूं झोला भर भर के तीन चार दिन की इकट्ठी ले आते हैं आठ आठ दिन की ले आते हैं और फ्रिज में भर के पॉलीथिन में पैक करके और रख देते तो डबल जह धनिया लाते हैं पॉलिथीन में पैक करके फ्रिज में रख दिया पुदीना लाया पॉलीथिन में पैक करके रख दिया भिंडी लाई पॉलीथिन में पैक करके रख दिया क्या तर्क है उसके पीछे की इनमें नमी बनी रहती है आपको मालूम नहीं फ्रिज में से बारह खतरनाक जहरीली गैस निकलती है जिनको सीएफसीज कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनसे सारी दुनिया परेशान है उन जहरों से मिली हुई सब्जियों को फिर आप खा रहे हैं फिर कितना भी उबालिए उसका असर नहीं जाता धीरे धीरे ये टॉक्सिक वेस्ट आपके शरीर में इकट्ठे होते रहते पांच सात साल में आपके घुटने दुखना पैर की एड़िया दुखना कमर दुखना कंधे दुखना फिर माइग्रेन होना फिर नींद नहीं आना फिर ऐसा होना फिर वैसा होना ये शुरू ही शुरू रहता है और अब तो एक और खतरनाक काम शुरू हुआ है कि उसमें पानी भर भर के और रख देते हैं वो पीते और दूसरों को भी पिलाते ये यूरोप के लोगों की सबसे बड़ी समस्या चिल्ड वाटर वो ठंडा पानी पीते परिणाम पता है वो सवेरे दो दो घंटे टॉयलेट में बैठे रहते और उनका ठंडा पानी तो मजबूरी है क्योंकि बर्फ गिर रही है तो पानी ठंडा होने ही वाला है हमारी क्या मजबूरी है कोई नहीं हम तो ठंडा बना बना के पी रहे हैं